सत देव की जय दे। सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है सुबह के नित्य नेम का समय हो गया है सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है पुनर्निवेदन है सुबह के नित्य निम का समय हो गया है नित्य निम स्थल पुराने की कृपा करें बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय राम जी महाराज की जय सर्व संतों की जय सर्व भक्तों की जय धर्मी पुरुषों की जय श्री काशी धाम की जय श्री छुडानी धाम की जय श्री क्रोध नमः नहीं सुर संतों नहीं गुरु संत आगे पीछे निरा निर्विषम का न करोई करवा आद्य गणेश बनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लौलाऊ आद्य अंत कम सेवा परम शक्ति संगीतम रिद सिद्धदाता सोई अविगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मो जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी भक्ति मुक्ति भंडारी ईश्वर नरम निजन जावै ब्रह्मा विष्णु महेश मुख गाव आदि गणेश इंद्र कुबेर शरी खा वरुण धर्म राय जा समर्थ जीवन जी का कहा मलिवे तैतीस कोटि अधारा न से अठासी उतर है बहु जल पारा कट है इनकी फांसी तेतीस कोटि अधारा न्याय से अठासी उतर है बहु जल पारा कट है इनकी फांसी मंत्र अनाद मंत्र सुहाद मंत्र अजोक मंत्र बेसून मंत्र निर्बान मंत्र थीर है आदि मंत्र युग आदि मंत्र बंगी तो मंत्र सदा सत्संगी मंत्र लोन मंत्र, मंत्र गैर गंभीर है सोहम शुभ मंत्र अगमन अनुराग मंत्र निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र निच गुल मंत्र निर्भय निर्धार मंत्र सुम्र शुक्र मंत्र अगमच मंत्री मंत्र त्रपानंत्र अवगत नाथ मंत्र, मंत्र जलमल जहूर मंत्र मंत्र मंत्र मंत्र अदली अबंद मंत्र मंत्र मंत्र मंत्र सर्वं ग्रक अवगतना अद वाणी विनोद मंत्र आनंद शोध मंत्र कुर्सी करार मंत्र अन मंत्र उचार मंत्र मंत्र उल्लास मंत्र साईं मोले मलार मंत्री साहेब सतराम मंत्र साइन काम मंत्र पारक प्रकाश मंत्र हीरम उल्लास मंत्र मोले मलार मंत्री अथगुप देव कांग पर लोक है अदले सतगुरु भक्ति हमने लिया काया माया नहीं नहीं हमने लिया उदल हिरंबर आते कमाने का गलते ऐ सत गुरु हमे ल्या सुन विदेशी आह पे रोम रोम प्रकाशे है दे प्याला प्रेम का गरीबगुरु हमे ला सुरत सं वैसा सतगुरु हमे ला सुरत सिंधु के तीर सतगुरु अदल कवीरे गिर सतगुरु हमे लाभ के शुद्ध पिंड माह वैसा सतगुरु हमे ला आदल ताना गुलजार वार पार के मत नहीं हल्का नई पार गिरी वैसा सतगुरु हमे ला सुरत के अंडो आनंद कोखे बहन हमने ला ग्रीब साधु के नाले नाली साल ग्रीबुर पर लोक ऐसी अलपंखी ला गरीब सांधु के नाले ज्ञान योग भक्ति सब देने नजर निहाल गरीब सासत गुरु हम में परवाए बंद, से, हम बंद रोम रोम जिंदा से सुन विदेश मिल गया छतर मुकुट है लक्षण कहू मधुर बहन विनोद सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल भी हम गमचाल हम हमारा पुर ले गया ज्ञान सब सर गाल ग्री सतगुरु हमने ला तुआ के देती बगल में जापानी विद्या पानी छीब जिंदा जोगी जगत गुरु मालक मरशद पी का जिंदा जोगी जगत गुरु मालक मरशद पी रे तो दिन झगड़ा मंडा पाया नहीं सरी रिव जिंदा जोगी जगत गुरु मालक मरशद पी मारा बेद से लगे ज्ञान के ग्रीव सा में ला तेज पूंज के हम में तेज पूंज की लो ये तनम हर पी सी भयसु हो ये, ये। ग्रीव सा अगमदीप को ले गया जहाँ पर हम दरबार गरीब है गुरु हमने ला खोले बद्र कपाटे को मारी कैसी रोम रोम पलक नहीं सतगुरु सतगुरु के साल लेते पर चे सतगुरु आए दया करी करीन दया नंग ग्रीव से से, ये से, ले ये ग्रीव से है है ऐसा ले डरे के दूत कौटन चंपा जमजो राजा से डरे धीरे ऐसा सतगुरु एक है अदली अदल कबीरे गरीब जमजो राजा से डरे हैं मिठाई कर्म के की रे दे जो अंक जमजो राजा से डरे मिटा कर्म के लेख अदली अदल कबीरे कुल के सतगुरु एक गरीब ऐसा सतगुरु हमे ला पहुँचा मंद नौका नाम चढ़ाए करे पार गुरु हमें के परमान प्रमान ग्री बसगुरु हमला बोसा करके माही नौका नाम चढ़ाए करे लेरा के निधानी ऐसा सतगुरु हमें ला मौसागर के बीच केवट सबको खेवता क्या हो तुम क्या नीचे गरीब चौरासी की धार में बहे जाते हमने ला ले गरीब चौरासी धार में बहे जाते हैं हंस ऐसा सतगुरु हमने ला अलख लखाया से गरीब मायाकार से ग्रीव माया कारस पी कर फूट गए दो ने Om Mila Bhritya Sute. माया करस पीए करे हो गए करे हो गए बगदी ली बख्शी गिरि माया कर सी करे प्रचारे ए सात गुरु हमे ला लोन शंखु कार गिरि माया कर सी कर डूब गए गोदी ऐसा सतगुरु मेला ज्ञान योग पर भी न ग्रीब मायाकार कर गए सटतल गोरे सतगुरु मेला प्रगट लिए बोरे ग्रीब सतगुरु को कह दीजिए जने को चुनाई सम्मन को किया साढ़ चढ़ाई गरीब शेर की भक्ति है और कचो नई बात सिर सा पाई अवगत अलखना थ्रिप सिमारा जायेगा कर सतगुर मेरा मेरी छोड़ दे की बेटे नाम ले यम के दर दर मेखा लंग से सतगुरु से से से सतगुरु संते सा पारे ग्रीवंदे गुंगे गुरु लो से से नहीं गुरु ये डूब ते पाल सोए गरीब सा मध्यासन कराप तुड़िया पर महल पार ब्रम का दे से ऐसा सतगुर से शब्द वे गां तुड़िया पर पुरिया मैहल पार ब्रह का दान एसा सतगुर शे हंस करीब तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह का लोक ऐसा सतगुरु पर पुरी महल का दीप ऐसा सतगुरु शे राख संग समी पै गरीब गगन मंडल का दीप जहा पार भरम स्थान सुन शिखर के महल में हंस करे विश्राम है गरीब सतगुर पूर्ण है सतगुरु आप पहले सतगुरु है यहाँ मैं मीनन में एक है ग्रीब सतगुरु आज अनादि है सतगुरु मत है एक पलक नहीं भूल ग्रीबन घाट लखाइया अष्ट मंदर से खाइया अगम का बेवे ऐसा सतगुरु मेला अष्ट मंदिर से वगरी पर पटन की पीठ में सतगुरु ले गया सिर सा सौदा अगले अगली पिछली खो इंगी पर पटन की पीठ में गया की पीठ में आठ मानिक बेक सौदागर सुनो सापन की पीठ में सौदा है सारे सतगुरु ले गया अवट घाट उतारी पर पटन <coughs> पीठ में प्रेम प्याले खूब जहाँ हम सदगुरु ले गया मतवाल महबूबिपर पटन की पीठ में मतवाले स्थान हमकु सदगुरु ले गया अमरापुर स्थान गरीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर मानसरोवर ऐसी वाणी गोकल की ईरे ग्री बंकलाल के अंदर द्रवेणी के तीरे जान सतबोले गया जवे अमीर सखी ईरे ग्री बंकाल के अंतरे हम सतगुर ले गया बंदी छोड़ कबीर है को गुफा में बैठे कह रे मारस जोक ऐसा गुरु गया सौदारो कम रोह को गुफा में बैठे कहरे रे अमी ऐसा गुरु मिल गया बजर पोल देखो लि बोल गुफा में बैठे कहरे रे अमी ऐसा गुरु मिल गया ले गया हम पर लोग ग्रीपन ब्रम से अगम है नारी शुषम ऐसा है नारी शुष्ठ मिल गया दिया सी उपदेश से पूर्ण पद पर काशी ज्ञान योग पर ग्री सुंदर और हंस मन नाया पर चापया अष्टक मंदल सुन बे सुन से है है शब्द समान नब्द में अवगत न पारे ग्रीब सतगुरु को जा अजब लखाया ब्रह्म दे सतगुरु सतगुरु नामे दे बिन सो से सोहम सो लगे दर्द बंद जलमाही पर्दा जापे जा जा है बिन रसना हुए चढ़े पर निपुं जा पे है सतगुरु देव समीपे है नहीं बस्ती नहीं सुन है मन महा जहा हम सतगुरु ले गया में सुन ग्रीव निध नाम है सुर सिंधु के तीर गिर वाणी अर्श में सुर नगर धीरे गिर नगर में ले गया हमको सतगुरु आने सुन गी अगम अनाहदीप है, है अगम अनाहद लोग सदगुरु पार स्वरूप है, है हमारी लोहा जाते पलक बेच कंचन कर करे है पलटे में लु बात है गरीब तो लोहा कठिन है युगल युगन के मोर चे तोड़े गुरु गर्भन के गा दे गादे है युगल युगन के मोर चे खो भ्रम संदेह ग्रीब सतगुरु कंद कपीर का दे है का है चंद चकोरा ने गरीब ऐसा सतगुरु से नोला काल भी मन से गरीब पट्टन नगरी करे है गर मंडल गहना अलल पंख न्यू संचार गरीब अलल पंख अनुराग है सुन मंडल दस गरीब उदारिया सतगुरु मिले कभी इरे गले परंत अंत अनुरागे है सुन मंडल रे तीरे दास गरीब ओदारिया सतगुरु मिले कबी जीव है साहिब कुबीर जी की वाणी से गुरुदेव काव्य कबीर डंडबत गोविंद गुरु बन्दो अजन सोए पहले भए प्रणाम तेन नमो जो आ गयो एक बिर गुरु को की जय डंडबत कोट मैं न को पर मैं जाने को ओ एक एक बंदे की जान लगा गोविंद दोनों खड़े हैं किसके लागू पाए बलिहारी गुरु आप गोविंद दिया बताए के उपदेश से का सुनिया थी थी। जय सतगुर मिलता नहीं जाता यम के द्वार एक मैं दूते समय करते कबूल न छोटे तार चारो खान चार खाने में मैं भरता लगता पा सोखेरा सब लिट गया सतगुर के उपकार एक बिर सात समुद्र की मसीह करूँ लेखनी करूँ बन रहा गुरु गुण लिखा न जाए बलिहारी गुरु आना गली गी सो सो बार मानुष से देवता की आकई बार चरणागत को पाने ते नर नर कह जायेंगे समान कबीर गुरु मानुष कर जाने ते ते नर कहे अंधे संसार में आगे कबीरा नर अंधे हैं गुरु को कहते और हरी रूठे ठोरे है गुरु रूठे नहीं ठोरे कभी के रूठे ते गुरु के सर ने ताबी गुरु रे कबिर गुरु सो ज्ञान रख लीजिए अभिमान कबीर गुरु शमान दाता नहीं या शीश समान संपदा सो गुरु दीनी दान गान कबीर तन मन दिया तो भला किया सिर का जा मैं दिया बहुत सह गुरु बड़े गोविंद मन में देख विचारे हरी सुगरे बारे गुरु सुगरे हुए पारे सर विश की बेलडी तो गुरु अमृत की खान शीष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता दान दीपनो खंडे में गुरु से बड़ा ना गो करता करे ना कर सके गुरु करे सो एक बिर राम कृष्ण से कौन बड़ा हो भी गुरु की आधीन एक बिर हर सेवा युग चारे है गुरु सेवा पल एक काश पटत्र ना तोले लंतन किया विवेक एक बिर हर सेवा युग चारे है गुरु सेवा पल एक काश पटत्र ना तोले है संतन किया विवेक सतगुरु मा की साहिब गरीबदास जी की वाणी से सतगुरु दाता है कर्माही प्राण उदारी उतरे शाही सतगुरु दाता दीन दयाल हमके करके तोड़े जन्म सतगुरु दाता दया कराई अगम दीप से सो चले आई सतगुरु बिना पद रिपावे सतगुरु मिले तो अलख लकावे सतगुरु साहिब एक शरीरा सतगुरु बिना ना ना गेतीरा सतगुरु बांध पयांग मारे सतगुरु भव सागर से तारे सतगुरु बिना ना पावे पैंडा मुठ हाड गल लीजे सतगुरु दर बंद दरवाजे जो मन करा सतगुरु त्रम दरबारी उतरे साहेब सुन आधारी ये सरगुण वर्गुण पूजा है सरगुण संत विचार दानी सतगुर बिना ना छोटा कानी मार्ग बिना चलन है तेरा सतगुरु मेटे अपने प्राण कर तन अर्पण सतगुरु सतगुरु सतगुरु सतगुरु सतगुरु सतगुरु सतगुरु सतगुरु सतगुरु संग कला करके कोली पार पितर सुंदर रूप तीन लोक पदार्थ पूरा दे डारे सिद्धि देकर ब्रह्म ब्रह्म होते चौदह कोट गुरू जमदारी सतगुर जो चा कर ही चौदह कोम त्रा रिद्र गुप्त के काग ज साहिब कबीर जी की वाणी से गुरु महिमा गुरु से अधिक न कोई ठहरा पंथ नहीं गुरु बिन पाई राम कृष्ण सीनल मना होए बिनसी गुरु बिन कहो न पाया ज्ञान न ज्यों तो तब उछड़े किसना तीर्थ व्रत और सब पूजा गुरु बिन दाता और गुरु जानो ना 84 सीजा गुरु के जन जी गोविंद गुरु बिन प्रीत जन सब पावे मरसे सिरgrpc सु रहावे गुरु बिन दान पुण्य जो करही मीठा हो लकबना फल ही गुरु बिन ब्रह्म न छूटे पाए गोड पाए करो छुतराई गुरु के बिना कटे दुख पाप जन्म जन्म के मिटे सोता गुरु के चरण सल आत्म जी जय जीवन जन्म सफल कर ली जय गुरु भगता आत्म होम पर सोफल गुरु के चरण दशमा अंश गुरु को दीजे की, की आग्या माये रही जय गुरु शुरु गुरु दैन समान पाव चरण मुक्ति पर ले सत गुरु की गति तु ह रहे और सकल भकवा धन्यवा रहे गुरु के स है। गुरु से शिष्योहे सर यह कपट मुक्ति सो जीव कैसे बिन गुरु मिले में, ना पाई। गुरु चतुराई, सो में आई गुरु से कपट शिष्य के मुखर चाख के शुक्र तो सुहाम में पढ़ी गुरु की निंदा सुने जो खाना ताको निश्चय नरक निधाना अपने मुख निंदा जो कर ही परिवार सहित नरक में पड़ी गुरु को तय बजय जो आना तप सुभाना सहित नरक नरक नरक में में आज्ञा जो गुरू कर अथवा गुरु निश्चय पड़े सोई वेद पर कोई और गौर राध पी व्या जा, जा, जा करो क्रोधनी बेद पुराण कह सब साखी साखी सब सब मानुष पाए सा गिर गुरु गुरो एक बीर चौरासी ने पैदुर कह कबीर जन बुझ सा झूठे से जाके प्रभु सोपन जय कपट भाव सब दूर करी योगी दान करावे पावे शिष्य की आधीनता दो कर जो गुरु के आगे बोल सब बहना बेटे सकल कपट के बहना है जन्म वरण दुख सुन हो कृपा कर दीक्षा मन कर्म तरह ऐसी गुरु जब ही गुप्त मन पर कह गुरु तब ही भक्ति मुक्ति को पंथ बता वुरु को पंथ सुड़ा ऐसे शिष्य उपदेश सही पाई हो देव दृष्ट पुरुष पै जाये ऐसे शिष उपदेश सही पाई हो देव दृष्ट पुरुष पै जाये गुरु सेवा महातम गंगा युम न बद्री समेत जगन्नाथ धाम है शिव सन का गुरु को चढ़ कर, कर जाने और भाव गुरु को पुरुष ब्रह्म कर जाने और भाव कबूर आने जिन बातन से गुरु दुख पावै तिन बात को, को दूर अष्ट अंग ऐसी दंडवत प्रणामा प्राप्त कर निष्कामा अष्ट अंग गुरु गुरुचरणाम का महात कोटि के तीरथ सब करे आवे गुरु चरणा फल तुरते पावे चरणा अमृत कदाचित पावे चौरासी कटे लोक सिद्ध आवे कोटि जब तक करे करावे वीर ब्रह्म सिगरावे गुरु पद रज मस्तक पर देवे सो फल तत्काल ही देवे सो गुरु सद्ध सार जन आवे यम बंधन से भी मुक्त आवे गुरु पद सेवा है बिरला कोई दाता कृपा सह की होई गुरु महिमा सुखवे साईं दंड विमान बैकुंठ जाए गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझना रहे तो अगम बतावे नहीं आवे चतुर्सानुरु ऊपर जाये सुख समाई गौरी शंकर और गणेश सभी ये गुरु जैसा शिव ब्रंज गुरु सेवा ना ना गुरु ना सोए जन्म जन्म सोये डे गुरु सेवा है सो तो ना गुरु पटतर कोई और गुरु सेव सो ना गुरु पटतर कोई और साहेब कबीर के उपदेश कबीर तो कुका है बो कुूल तो है, है को नीब हाँ। के सुहास से लोभ सुन हो जाए कबीरा आप ठगाइए है गोर न ठगी को आप ठगा सुख होते हैं ठगे दुख हो एक बीया दुनिया में आए कह दे तुम बैठे कह कबीर विकार चार के तो पात्र लख ले है एक साहेब के बंदगी वह कबीर कहे कबीर पुकार के तो लख एक साहेब के बंदी वह भूखों को, को कुछ दे देर इष्ट मै और मन है सकल कहे कबीर ये प्रीत मन का होए बैरी को नहीं जो मन शीतल होए या दे देख सबको एक कहते को कह जाने दे, तो ले, और उल्ट जवाना देर हस्ती चढ़ी ग्याने के सहज दुली चटाए स्वर्ण रूप सर सारे दे संसारे है सिर पर सिर्जन हारे हस्ती चल करिए नहीं कुकर उसे हजारे बिलावत गाड़ी के है कह कबीर कबीर रहे एक की एक, एक गाली से हरा हर तो हर सो मीला जीता यम की लार बीर जेता गट चेता महता गट गठर स्वभाव गार जीत है द्रह स्वभावी कथा करो कर सारे की तो स्लो तो कथा करतार हन कथा सुनिए नहीं कहे कहते बंदे तू कर बंदे की दो चार दी गार अवसर मानस जानव का के जो खांड लाद मुस्कते है खांड लाद मुस्काते है सुमर कांग्रन मारंग सज का सतगुरु सतगुरुता सात सोमर का एक दिन मिल आये की फेरेंगे कन्ह कर्म की फला कबीरा सुमन सारे हैं और सकल सक आज अंत मत दूजा देखा ख्याल में कबिर तम राम सुना सार सारे के दुख में सुमन सब कर सुखम कर नो ए सुख में सुमण कर तो का दुखा सुख में सुमर ना किया दुख में किया याद कह कविता दास की कह याद तो मत तो, तो तुम जीवत तो सब के एक जाने जाने एक जैसा सुमरिया ताको तैसा प्यास नब लग तो स नहीं आप जशे कह कबीर बिख रहे नही पल पल ले कबीर सुमर क्यों सुन जशे पानी मीने प्राण तबल पल छे साहेब कबीर कह दीने कबीरा हर हरी हरी कबीरा छूट करके प्यारे आदमी तो प्यता हो गे प्रण जाू कोया तो निष्पल गया।, गया तो जब मांगे तब दे गे तो ही सक... और जो कोई चिंता नाम नाम, को नाम नाम सोए जबी पाप को से बड़ी पुराने गोदा आजम तेरे अपारे अजा मेल गण का सोता सजना शिवरी कोई कहने नाम बाकी पंखी मेरे तन का रामी नाम जगत कन्या बूते छेरी के जिसमें बली न को धनवंता सो जानी है। राम नाम धन भोये हसी महंगे बोले का एक स्वास्थ्य दाई जाए चौदह लोग नहीं पाता दूर मिला एक जीवन जैसा सुमरण हो वे लाख वर्ष का जीवन लेना को एक बीर कहता हूँ कही जाते हूँ सुनता है सबको सुमरण से बुलाओ नाते बुलाना हो एक बीर हर की भक्ति बिन जीवन संसार कैसा जो न मारे भक्ति भाव ठ भक्ति विभक्ति बीत गिल नहीं आये बड़े सो विष्टा जगन जन विष्ठा पे गिर कर दिल इन पै भक्ति न हो भक्ति करण कुल खो एक जब कामना तब लगन पर कबीर में क्यों मिले ला मे नज देव एक मेरे जब लगभ भक्ति सह कामना तब लगन पर से कबीर में क्यों मिले ला मे नज देव अब सातों की दास जी की वाणी ऐसी वर्ष सतो बो पैर गली लगे पद मैं सोई चातनी संभाल करो दिन राती दूर करो ने दिल की ना मंगल मन की माला पेरो चौदह विद्यापति बहे वैरा गाते अनुरा शुक्रा करोया जब हम राहू के तू रो के नाटा सदगुरु को नौकर नमन कर हमारी कोई न जान दे नारी सदर समोलचिन तामणी पाया ग्रीव दास पद पद समाया सदर समोल चिंतामणी पाया समाया रैंड ग्री उत्तम कुल रूप करे ज्ञान करता रे देश संगवे भगवत योगी जगदीश दयाल नरक नहीं से दूरे बड़ी गरीब मैं संत हो क्यों बर मैं वर मंडे सला कर्म शरीर में सतगुर दिया लखाए गरीब दास पद नहीं आवे नहीं जाए चौरासी की चाल क्या मोती थी चोरी दारी करते हैं जाके मुंडे की है काम क्रोध मतलब विकराल क्रोध कसाई उर्व गाने हर शो कैशान गति सर से सर शरीर है सा कृष्णा नदी में डूबे तीनों लोग मन समाया विस्तारी ही आत्म आत्म दोष एक शत्रु एक मित्र चमकीन गिर जाएगा हमारा नंदा बिंदा छोड़े दे, शोकर प्रीते। सागर शोकर प्रीतें हैं जीवन मुख्य नहीं तो सब साखी सुनते हैं है, सुरक्षा प्यारे भटकते हैं मनमोहे खालिक तो खोया नहीं किसी महल में दे करम बरम बारी लंसा सोल बबू चौरासी जग जाते हैं चिन्हत नाही सारे, सारे।, ना सारे। मर्द गर्द में मिल गए रावण शेरण धीरे घुस बल बीरे तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर लेते गरीबदास तरी नाम है मेने काली पर सीखे तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर लेते ते गरीबदासनाम है मे काली पर सिखेतरम बेदी ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजन ब्रह्म ज्ञानी महा ज्ञानी सत्य घर दुग्व चंद्र गणेश रक्त ना मानिए स्वाचर बर्मा दिशा सावत्री ब्रह्मा रहे ओम जाप जपंत हम सात गुरु कह है नाभिकमल में विष्णु जहा लक्ष्मी सिंह वासी विश जाप जपनते हैं हंसा जानक है अर्ध कमल मा देव देव सती पार्वती संग है त्रिकुटी कमल पर है मन पावना समझ में दे योगी सब सत्सम है सुनो चल हंसाटे ऐसा योग भी कुंभ करे पलटेसन अमर आसन अलग पुरुष निर्बाने अति लोलिन में देख का है अवगति कोट में खुण नगर है अपरम पे गुरे निशान खंडी सुन सोहन में सुरत नृतम पावन पर टैंक नसन की सप्तपुरी में रून खोजो मनुमन सा गाखी और आकाश पाँच पची सोना किए गंडल की सैल करने बहुत नया सांसा पर लोक पठाओ भवसा करने आवे है ग्रवी के योगी सटकर भी खेले है का मिल है जाप जापो त्रिकुटी संयम दीदार दर्शन बार अंत ना जाइये गाया माया का योगी नौ लेने गगन मंडल शुभ बिन मुखी गाही बिन आकार जो कहे कोटि बिस्तर का ही। जोती, है अष्ट मंदल सतकल सुन गो आगे पतरंग गंडे पर कही सुन मंडल सतलो के चलिए है बच्मा एक बन में देख्या बिन सरुण सुन है चरण कमल में हंसर हाँ बहुरंगी वरिया में सुख समूर्त श्याम सूरती अथल है नौ सुर के लो दस में कर्म कमूल को फूले है श्वास पौन को पर टै नागली को पहुंचे हैं सुरत नृत्य बाल बेड़ा गुर को पहुँचे हैं सुन ले योग वाणी जीवत ही जग मई मारो उदर ही रंबर स्वेतरा अक्षर जीरो है मनसा नारी कृपनी कुंभ काया बाग लगाया फूले है फूल विशालिया कच्छ मजकूर से हर दुनि रखे निंदन बन्मा पार पावही शंभु योगे है चौबीसो अवतारे सौ सूरज आगे है धन अम्बर धन निर्दते अवगत अच्छा भी आगे है सुर नरमुनिधन सिद्ध और साधक पार ब्रह्म को रटते है मंगलाचार चौरी ज्ञान योग्य बटते हैं चित्रगुप्त चित्र गुप्त धर्म राय लाभ करते हैं ऐसा ब्रम दरबार का इंद्रत हैं पार्वती कर दो लक्ष्मी शक्ति शोभा करते हैं नद्रव ज्ञानी हैं ंगे बाजी को से है जनक विजय ही चोरे है चले वि तोरे गोरख दत् नाम जलंधर लीजिए भरती गोपी सुल्तानी कलाया देवल फेरा गोप गुसाई गो नामे छान छबाइया छान छबाई गौ जवाई गणका चढ़ी विमान में सदला बकरे को मारे पहुँचे आदन केसो पंड भरा सतर के है धना भक्त का इतने खेत नाया माधोदय पंडा पाव गुराया सतगुरु जगन्नाथ की बातें हैं भक्ति के सो गुण जंग्रह दास कमा ले अचल दिगंबर भक्ति है बेकार आये अवत सत कबीर नानक बादू अकम अकादू तेरी दाद के सुख सागर के हंस आए भक्ति नम्बर कोटी मानु पर काश पूी अवगत का देदारे दस सत गुरु युग देश देवा चौरासी ब्रह्म तेज पौतन देर करी शब्द वास आकाशवाणी युगत गुरु का रूप है चंद न पवन पाणी न छाया रूप है कारम कारम पाग्युगत अलहे गुले पांग विवा रोम रोम में जाप जपल अस्त कमल दल है को कमल पठाओ जनो जहाजी के धीरे दस गरीब बसत गुरु बंदी छोर कबीरे को नो जहाजर गर्मैनी के तीर दस गरीब तबी बसत गुरु बंदी छोड़ कबीर सा